हेलो गाइज आज की इस वीडियो में किया सोनेट वन लीटर टर्बो पेट्रोल की आपको मैं इसके अंदर जो कंपनी के स्टॉक म्यूजिक सिस्टम है और स्टॉक स्पीकर की क्वालिटी है उसको मैं आपको सुनाने वाला हूं तो ये देख लो गाड़ी के अंदर आपको यहां पे डोर में स्पीकर मिल जाते हैं यहां पे ये वाले और यहाँ पे ट्विटर के लिए कोई जगह नहीं दे रहे कि यहाँ दे रहे हैं आपको ट्विटर यहाँ पर नहीं है यहाँ पर दे रहे के ट्विटर इसके अंदर दो फ्रंट वाले और रियर के अंदर बता देता तो हूँ आपको अगर रियर के अंदर तो आपको कोई ट्विटर नहीं मिलेगा ओनली रियर डोर स्पीकर मिल जाता है यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट नहीं है आपको तो इसके अंदर आपको चार स्पीकर और दो ट्विटर के साथ इसकी स्टॉप म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी सुनाने वाला हूँ इसके अंदर आपको बड़ा सा टच मिल जाता है इसके अंदर ये वाला इसकी स्टॉप क्वालिटी कैसी है आपको मैं बताऊँगा तो मेरा मोबाइल से इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है ऑलरेडी यहाँ पर तो इसके अंदर एन का सॉन्ग प्ले करूँगा मैं क्योंकि वहाँ पे तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा हमारा कोई अगर दूसरा सॉन्ग यूज करेंगे तो एनसीएस का चालू करता हूँ मैं आप शुरू से इसको वापस एक बार देखना मैं थोड़ा इसको मीडियम करता हूँ बेस क्वालिटी देखना इसकी अगर हम करते तो पीछे वाला वो थोड़ा-थोड़ा पे हिलता दिख रहा होगा आपको एक बार वापस बता देता मैं। no, no rest, walls, एक बार और आपको दूसरा सॉन्ग प्ले करके बता देता हूँ इसके अंदर तो इसकी स्टॉक सिस्टम की क्वालिटी हमने सुना दी आपको दो सॉन्ग्स प्ले करके मेरे हिसाब से आप इसको अगर नॉर्मल बेस और सेटिंग पर रखते हो तो मेरे हिसाब से वैल्यू वैल्यूफ़र मनी लगा मेरे को आपको कोई स्पीकर को चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर जो कंपनी दे रही है वो मेरे हिसाब से सही लगे मेरे को स्पीकर की क्वालिटी अगर आपको ज़्यादा शौक है तो आप अपनी गाड़ी के अंदर रैम्स वगैरह लगवा सकते हो बेस ट्यूब भी रखवा सकते हो तो ज़्यादा मेरे को स्टॉक सिस्टम की क्वालिटी एवरेज है आपको अच्छी लगेगी लॉन्ग टूर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे नहीं है कि आपको चेंज करवाना ही पड़ेंगे स्टॉक सिस्टम की क्वालिटी एकदम ओके okay कंडीशन में है तो आई होप आप वीडियो चला प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक भी कीजिए